जहन स्टूडेंट्स ठीक है आई होप सभी लोग अच्छे होंगे इस समय ठीक है जैसा कि बेटे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डेली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसी में हम लोगों का आज दूसरा लेक्चर है और हम लोग देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स के भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि रेखाओं फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो और एक्स वाई बराबर जीरो द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल अब यहां देना यहां देना पर एक ऑफ स्टेट लाइन एक रेखा है और एक रेखा युग्म है तो हम बात करें तो फिर इस रेखा को तो आप कहेंगे कि ये लाइन तो ये हो गई ये लाइन आपकी है फोर एक्स 12, ठीक बेटे और और ये ये x x y y तो तो यानी एक x अच्छे और एक y अच्छे। इनके द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो हो गया। अगर हम रेखा को उनके रूप में बदल दें, तो आप कहते हैं ये होता है A, ये होता है बेटे B, A और ये क्या होता आपका B? तो हम आराम से अपने A और B का मान निकाल सकते हैं पितृूज का क्षेत्रफल का लगा दिया जाए तो अगर जैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी बन जाएगी एक्स अपॉन थ्री प्लस हो गया a, ये आपका हो गया बेटे b, ठीक तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटे कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट कट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 6 तो आपका करेक्ट आंसर बेटे आपका क्या हो जाएगा सिक्स यूनिट स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू बेटे देखते हैं आपसे कह रहा r इंटू एन माइनस One, 1 1 1 pr pr n कह रहे हैं ये इनमें से किसके वैसे तो ये आपका आपका पास्कल पास्कल लॉ लॉ होता होता है है है npr में एक आपका NCR में एक ncr भी होता है. ठीक है? तो रिजल्ट तो हम जानते हैं कि रिजल्ट ये है पर ऐसे क्वेश्चन अगर हम एक्चुअल करें तो ये बहुत टाइम एक्सपेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन करने का एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आप लेट कर लीजिए लेट कर लीजिए कि एन आपका सपोज है चार और आर है आपका सपोज दो ऐसा लीजिए कि ये एम्पियर वैलिड रहे एन हमें सब बड़ा लेना है आर के में ठीक है रखते हैं क्वेश्चन में तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू फोर माइनस वन यानी ये थ्री पी वन और ये हो गया बेटे थ्री पी टू जरा इसे सॉल्व करते हैं ये टू थ्री और ये टू है तो n इंटू टू ठीक तो ये सिक्स सिक्स ट्वेल्व इसको हमने जब सिंपल किया हमारा कितना आ गया बेटे ट्वेल्व आ गया अब हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो हमें ट्वेल्व रिटर्न कर सकता है अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो ये आपका बेटे नजर आ रहा है ये थ्री पी थ्री अगर थ्री पी थ्री देखे तो ये बेटे आपका क्या होता है आपका होता है सिक्स थ्री पी थ्री होता है ऑप्शन बी ये है आपका थ्री पी टू तो ये भी आपका कितना होता है बेटे सिक्स होता है ठीक अगर सी देखें तो ये है आपका फोर पी टू तो फोर इंटू थ्री ये आपका हो गया ट्वेन और अगर हम लोग देखते हैं बेटे क्या चीज आपका डी नंबर तो ये है 5p2 तो 5 इंटू फोर क्या रहा 20 तो करेक्ट ऑप्शन कौन है बेटे सी सी नहीं तो हमें लॉ होता है क्वेश्चन नंबर तीन बेटे क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा, रहा है रेखाओं y बराबर एमएक्स प्लस सी और y बराबर एमएक्स प्लस डी के मध्य की क्या बता दी दो अब जरा ध्यान दीजिए दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है तो सबसे पहली बात तो ये देख लो क्या वो रेखाएं पैरलर हैं, हैं। रेखाएं अगर समांतर हैं तो उसके लिए एक सिंपल सी बात होती है उनके जो स्लोप्स m होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं बेटे इक्वल दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होनी चाहिए तभी वो पैरल रेखाएं होती है समानता रेखाएं तो दोनों में देखिए प्रवणता कितनी है सेम है, m है? तो हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता था वो होता था c1 वन माइनस सी का मॉड अपॉन अंडर प्लस बी स्क्वायर ये कब जब पहली लाइन आपकी हो क्या चीज ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जी और दूसरी लाइन हो एक्स प्लस बीवाई प्लस C2 तो यहां पे दोनों के के वाले गुणांक लेने हैं हैं और और x और y के गुणांकों का वर्गों का वर्गों योग बेटे अगर जैसे ही इसमें ये अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी देखिए पहले वाले में गुणांक क्या है बेटे C दूसरे वाले में गुणांक क्या है डी और अंडर रूट एक्स के गुणांक का का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया One. तो तो आपका बेटे करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर कौन होगा इनमें देख सकते हैं तो तो तो तो हमारा थोड़ा सा रूल पता हो हम जानते हैं कि अगर x, x, x तो टेंस टू x x दोनों हमें रिजल्ट आने चाहिए बेटे अगर ये हमें आता है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह x से डिवाइड कर दें तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टू तो ये हो जाएगा, टू इन्वर्स एकस एकस, नीचे हो जाएगा टू प्लस इनवर्स एक्स अपॉन x ये आपका क्वेश्चन हो गया और अगर हम इन रिजल्ट को यहाँ पर प्लेस कर दें तो तो देखो कितने आसानी से ये ये ये हमारा one, session, year one, year तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व जाएगा रहा रहा बेटे में कौन आंसर करेक्ट है तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर बी इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच आपका दे रखा है वाई बराबर एक बटे दो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टेन स्क्रा क्या कर दीजिए बेटा इसका सबसे पहली चीज तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि e की पावर में log है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ध्यान दीजिए आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर में log बेस e अगर k है तो ये आपका क्या होता बेटे k आ जाता है लॉग दोनों क्या हो जाता है एलिमिनेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ठीक है हम सबसे पहले इसके थ्रू इसको सिंपल कर देते हैं, देखते हैं देखते क्या हो बेटे आपका सेक स्क् और सेक स्क् रूट होगा तो वो केवल सेक होगा तो ये आप देखेंगे e e की log log log और sec x। में एक चीज ध्यान दीजिएगा का जो जो होता होता होता है वो e होता है। होता है आपका। ठीक है? तो ये आपका जो है वो वो हमेशा आपका, आपका ठीक तो ये y केवल क्या आ गया, गया बेटे सेक एक्स लेकिन हमें y नहीं हमें क्या चाहिए बेटे? dy बाई डी तो बताइए भाई dy वाई बाई, तो वाई बाई क्या हो जाएगा y sec x का डिफ्रेंसिएशन आपका sec x x x x tan तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं हम लोग है कह रहा e की पावर m inverse x, 1 plus square का समाकलन कर दीजिए अब यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन में ये e की पावर x का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं लेकिन e की पावर m tan inverse x का डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहला काम हम लोग बेटे m tan x को क्या t ठीक डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये m ऐसे रहा tan इनवर्स का होता है बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx किसके बराबर हो जाएगा dt तो आप देख रहे हैं dx अपॉन One plus X square की वैल्यू क्या क्या बन गई? Dt one upon N, dt m m क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन रिप्लेस रिप्लेस कर देते हैं तो तो तो जैसे रिप्लेस किया आपने तो क्या हो गया बेटे? One upon तो बाहर ठीक इतने पूरे की जो वैल्यू है वो हो गए आपकी dt और ये हो गया e की इकी पॉवर अभी की इी पावर्थी का समाकलन खुद ही होता है बेटे तो ये आपका जस्ट ये आ गया और T की वैल्यू अगर वापस कर देवर C तो करेक्ट तो आंसर कौन सा हो बैठे आपका करेक्ट आंसर है आपका C क्वेश्चन नंबर सेवन बेटे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो नेवी एनडीए डी ए एयरफोर्स इन एग्जाम में बहुत बार आया है और इसका एक और क्वेश्चन होता है उसका भी हम आपको आंसर बताते हैं ये तो हमें आंसर बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना बेटे के के वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे वो हमेशा क्या होता है बेटे एक कॉस इनवर्स एक बटे तीन एक और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे वो क्या है कहते हैं घन के करण और उसके संगठ के विकर्ण के मध्य का एक ये भी क्वेश्चन है जो एनडीए वगैरह में आ चुका है और बहुत से एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो बेटे इसका जो आंसर होता है वो थीटा बराबर अंडर रूट दो बटे तीन होता है ये भी आप अपना आंसर लर्न रखिए बेटे ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर आठ अगर देख रहे हैं तो ये एक ओकल समीकरण और समीकरण का तो हमें क्या बताना है बेटे ऑर्डर और डिग्री ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है ध्यान देते हैं कैसे पहली बात तो ध्यान देना किसी भी का तो आप सीधे देख के बता सकते हो कहते हैं अगर आए और आपको ये जो एन है वो उसका क्या दिखे बेटे मैक्सिमम नजर आए एन उसका ये जो नजर आ रहा है ये क्या नजर आया मैक्सिमम तो ध्यान देना जो ये एन होता है ये n काम करता है किसका बेटे ऑर्डर का और जो m होता है वो इसका क्या होता है डिग्री लेकिन ध्यान देना डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है तो सबसे पहला काम जो इसका फ्रैक्शन है वो एलिमिनेट करना तो उसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए बेटे अच्छा यहां छह और यहाँ पे तीन हम दोनों तरफ पावर सिक्स कर दे दोनों तरफ क्या कर दें पावर सिक्स अगर कर देते हैं तो ये डी स्क्वायर की पावर पांच बुचेगा और बेटे क्या बचेगा dy dx की की का पर अब देखो कंडीशन इस d जो n हो हो पावर वो बड़ी हो। यहां पर दो है यहां पे कितनी है एक तो कौन तो है बेटे हो तो उसकी होल पावर कितनी है पांच जैसे यहाँ पे एम है तो एम उसकी डिग्री है तो यहाँ पे बेटे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी घात इसकी क्या हो जाएगी बेटे घात आप बोलेंगे घात कितना पांच तो देखिए कौन है तो आपका करेक्ट आंसर कौन है नाइन कह रहा है का हमें चाहिए समांतर मार्द अब हम लोग जानते हैं अगर किसी भी सीरीज का समांतर मार्द निकालना है अर्थमेटिक मीन तो वो होता है क्या बेटे सम बटे में क्या होता है नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या n अब यहाँ देखो ये पहला क्या है ये अगर ध्यान दिया जाए तो ये की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर है देखा जाए तो एक क्या है बेटे G.P है तो G.P का पहले योग निकाल लेते हैं G.P पहले क्या निकालने योग तो बेटे क्या होता है फार्मूला a आर की पावर एन अब पदों की संख्या कितनी होगी बेटे जीरो से चालू है कहां तक एंतर तो इसमें जो पद होंगे वो होंगे आपके एन प्लस वन होंगे ये बहुत ध्यान देना तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये हो गया जीपी का योग का अब योग में मतलब जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो नीचे क्या रखना है पदों की संख्या अगर हम लोग पदों की संख्या रखें तो पदों की संख्या भी कितनी निकाली आपने एन प्लस वन जरा कर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बी इस तरीके से बहुत ध्यान देना है आपको किसकी पदों की संख्या का बहुत ध्यान देना क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा का का उसके की लंबाई हो जो होता है वो होता है ए स्क्वायर डिफ्रेंस बी स्क्वायर अपॉन में कहते हैं जो बेटे क्या हो इनमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जो भी बड़ा उसको रख दो तो आराम से डायरेक्ट e हमारा कैलकुलेट हो जाता है रिलेशन ए और ए A स्क्वायर और बी स्क्वायर में चलिए ध्यान देते हैं ना बेटे क्या होता है तो कहते हो टू बी स्क्वायर अपॉन ए ये एक बटे तीन है लगवच कितना होता है बेटे 2b बी कैंसिल कर दिया तो आपको पता चल गया 3b बी बराबर ए और स्क्वायर करना है तो ये आपका नाइन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो हम जान गए एक होगा बेटे क्या नाइन बी स्क् और एक होगा निकाल लेते हैं इनका डिफरेंस कितना बेटे आप बोलोगे एट स्क्वायर और इनमें बड़ा कौन है नाइन स्क्वायर कट कर लिया तो e की वैल्यू आ गए टू रू टू अपॉन थ्री तो देखते हैं इसमें कोई आंसर नजर आ रहा नहीं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन होगा नन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन क्वेश्चन कह रहा है, दीघा समीकरण में एक मूल दूसरे का व्युतक्रम वन रोट इज ले प्रोकर टू कंडीशन इसमें से क्या होगी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कह रहे एक मूल अगर मान लेते हैं अल्फा है तो दूसरा इसका व्युतक्रम तो बेटे उसे आप क्या बोलोगे वन अपॉन एल्फा पढ़े हुए हैं कि मूलों तो है. तो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करेक्ट हमारा क्या होगा? B. आपका का क्वेश्चन है और कह रहा इसके प्रसार में पदों की संख्या बताइए अगर हमें इसके प्रसार में पदों की संख्या बतानी है तो ये बेटे ट्रायनोमियल है तीन पद वाला है तीन पद वालों के लिए एक आप चीज हमेशा याद रखना कि पदों की जो संख्या होती है वो एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू होती है क्या बेटे एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कर दिया कितने तो आपका बेटे आंसर कितना आ गया फोर्टी फाइव तो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहा आपका बेटे सी इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहा क्वेश्चन नंबर थर्टीन डाय चाहिए कहा जा रहा है आपकी इन्फाइन और इसमें से अगर देखा जाए जीरो किसकी होती है तो ध्यान देना सर्कल व्रत की सेंट्रिसिटी जीरो होती है और वन किसकी होती है ये भी आप याद रखिए पैराबोल पेयर ऑफ स्टेट लाइन की आपकी क्या बेटे? होती होती बेटे है बहुत ट में थ्री प्लस नाइन और देखिए डिनोमिनेटर नीचे क्या दे रखा है आपका तो दे रखा है फोर एक्स क्यू प्लस फोर एक्स प्लस ए एक, एक चीज ध्यान देना जब कभी भी लिमिट एक्सटेन्स टू इंफिनिटी दे दे और ऊपर और नीचे बहुपद हो तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जिसके थ्रू तो आप आसानी से इसके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या करिए ऊपर की देखिए मल्टीप्लाई होने पे सबसे बड़ा घात वाला पद क्या आएगा और नीचे भी आप वही देखिए सबसे बड़े घात वाला पद क्या आएगा केवल आप उतने को ही लेकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ऊपर अगर देखेंगे ये ये ये तो सवाल में केवल आप बड़ी घात वाला पद लीजिए और सब छोड़ दीजिए बस इतने को सोल्व कर लीजिए जो आया वही आपका आंसर होगा तो देखते हैं क्या आएगा आंसर अगर इसको हम सोल्व करते हैं ये कैंसिल हो गया ऊपर बचा बेटे तीन और नीचे बचा कितना दो तो देखिए कौन है इनमें से आंसर तीन बचे दो बिल्कुल आसान क्वेश्चन नंबर है इसका हमें डोमेन चाहिए बेटी स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका डोमेन निकालने का तरीका अगर इस टाइप का देखा जाए तो खुद पूछे जा रहे हैं सवाल और इनके अगर थोड़ा सा आप दिमाग में माइंड कर लीजिए कुछ स्पेशल बातें कि अगर कभी बेटे आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का हो और इसका बोला जाए डोमेन तो बेटे कहते हैं ये आपका जो होगा ये होता है माइनस ए से a और अगर कभी क्वेश्चन बेटे इस टाइप का आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का तो इसका जो डोमेन होता है वो भी बेटे ध्यान देना माइनस इनफनाइट से माइनस ए क्लोज यूनियन ए से इनफाइट ओपन ये आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए बड़े आसानी से इसे सवाल के आंसर दे सकते हैं यहाँ देख लो ये कौन सा है फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का तो हम देख रहे हैं कि ये किसका है फर्स्ट वाले का है तो फर्स्ट वाले ए बेटरी यहाँ का है नाइन तो यानी ए स्क्वायर नाइन है तो ए कितना होगा थ्री तो आपका जो आंसर होगा वो होगा होगा से तक तो तो करेक्ट आंसर बेटे बेटे देख सकते हैं कौन सा ये ये रहा आपका सी तो ध्यान दीजिए अगर आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे बेटे लाइक करिए शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके ठीक है और अपना बेलाइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिलती रहे जय हिंद जय भारत